we have some issues when you compare yourself you have some issues in your life kabhi kisi -se, se kam mat karna kyunki kuch issues hain jaise ki si aap apne aap ko comparison karte hain takleefein shuru hoti hain kyunki Kiyo? you see the results not the efforts agar aap apne aap ko aaj mujhse compare karenge na to aap sirf result dekhenge mere isliye compare are tu isko kamate bhi ye kal ka londa hum to bade hain umar mein hame to bada experience hai are hum to itne saalon se lage hue hain hame to 20 saal ka corporate experience hai ड़का 30 लाख हम दो लाख आपको अंदर ही अंदर चलाएगा आप जब जब, जब अपने आप को हमसे कंपेयर करेंगे या किसी से भी करेंगे आपको अंदर से चलाएगा क्योंकि आप हमारे रिजल्ट से आपके आज को कंपेयर कर रहे हैं हमारे रिजल्ट दिख रहे हैं हमारी 15 साल की मेहनत किसी को नहीं दिखाई दे रही लेकिन कंपेरिजन हो रहा है हमारे आज से तो यह तकलीफ है माई डिफरेंट्स नेवर यू आर नॉट देम आप आप हो वो, वो आप आप हो और वो बिल्कुल वो हैं क्योंकि आप जब उससे कंपैरिजन कर रहे हो तो आप उसकी सिर्फ ऊपरी सतह देख रहे हो अंदर वो क्या है आपको क्या पता मजे की बात क्या है कंपैरिजन करने में आप उसके ऊपर से अपने अंदर को कंपेयर करते हो आपको अपने बारे में तो सब पता है लेकिन उसका ऊपरी भाव से अपने अंदर के भाव को कंपेरिजन करते हो कितना बड़ा पाप है सोचो ऊपर से तो ऑल दाइड इज गर घास हमेशा हरी नजर आती है पराटा दूसरे की थाली में हमेशा घी वाला नजर आता है जाम हमेशा साला अपनी साइड लगा रहता है आप दूसरे के चेहरे से अपने अंदर को कंपेयर मत करो उसके अंदर पता नहीं क्या क्या धुंध चल रहे होंगे यार। अच्छी चीज थोड़ी प्रकट कर, गं, गंदी चीज थोड़ी प्रकट कर देगा कोई सामने तो चौड़ा चौड़ाई घूमेगा ना अंदर सादे की फटी होगी हो सकता है अंडरग्र में चार सुराख भी हो सकते हैं कभी जिंदगी में कंपेरिजन मत करना खुशी नहीं होगी तुम्हारी जिंदगी सोचो तुमने नई नई वॉक शुरू करी तुम पहले आधा किलोमीटर भागने लगे 500 मीटर कुछ दिन तक 500 मीटर भागे फिर एक हफ्ते के बाद तुम्हारा वो 500 मीटर बढ़ के हो गया एक किलोमीटर वाह वाह वाह, बड़ा मजा आने लग फिर एक महीने के बाद दो किलोमीटर की रनिंग चालू हो गई आ साल के बाद पांच किलोमीटर तक दौड़ पड़े बड़ी खुशी होने लगी कि हम पांच किलोमीटर दौड़ते अचानक एक दोस्त मिला जो मैराथन दौड़ रहा है तुमने का, साला, हम तो तो है है है लल्लू ये 25 तो रहा हम दो ज बीएमडब्ल्यू जगवार से आपकी अचीवमेंट को अगर किल करना है तो कंपेरिजन स्टार्ट करिएवर इन योर लाइफ कंपेयर योर से आपका एक्टिविटी पर कंट्रोल नहीं, उसकी, पे नहीं उसकी हरकतों पर कंट्रोल नहीं है कभी मत करना सही एक फूल दूसरे को देख्लीट थोड़ी ना करता है मस्त अपने आप में सबके सब फूल शानदार है पहला लेसन सक्सेस प्रिंसिपल जो नौ बताने लगा उसमें पहला प्रिंसिपल नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता मैं बता दू हर आदमी में स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में सलाह हो ही नहीं सकती